एक एक दिन वीर के शहर में एक चोर आ जाता है। वह चोर बहुत सारे लोगों के घरों में चोरियां करता है। पर वह चोर इतना चोरिया होता है कि वहां की पुलिस भी थक जाती है और चोर को नहीं पकड़ पाती है तभी वीर को एक दिन एक आदमी का फोन आता है और वह आदमी वीर से कहता है वीर तुम्हें जिस चोर की तलाश है वह चोर आज के फ्लाइट से विदेश भागने वाला है अगर तुम्हें उस चोर को पकड़ना है तो जल्दी से एयरपोर्ट पर पहुंच जाओ वीर तुरंत अपनी गाड़ी में बैठता है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है एयरपोर्ट पर पहुंचकर वीर चारों तरफ देखता है तभी वीर को दो लोगों पर शक होता है वीर उन दोनों लोगों को पकड़ लेता है पर उन दोनों में से कोई एक ही आदमी चोर है वीर असली चोर को पकड़ने के लिए उन दोनों से उसका पासपोर्ट मांगती है वह दोनों अपना पासपोर्ट वीर को दे देते हैं तो दोस्तों क्या आप इन दोनों पासपोर्ट को ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि इनमें असली चोर कौन है ध्यान से देखिए और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं इसका सही जवाब है एक नंबर वाला आदमी चोर है जिसका नाम जॉन है क्योंकि आपने इसका पासपोर्ट को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर इस आदमी की डेट ऑफ बर्थ गलत है क्योंकि दूसरा महीना फरवरी का हो होता है और फरवरी के महीने में 31 दिन नहीं होते हैं 31 डे नहीं होता है उसके बाद भीर उस चोर को जॉन को पुलिस के हवाले कर देता है दोस्तों वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें